अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आपको फोटो में त्रिभुज वृत्त और वर्ग दिखाई दे रहे हैं इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 120 या ऑप्शन डी 28। आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए